अब एरे की अगर सेकेंड एग्जांपल आप देखते हैं तो मेरे पास यहां पे नेम है और मैं चाहता हूं हर लेटर को अलग अलग सेल में लिखना कुछ इस तरह से तो इसके लिए हमें मिड का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा हमने इसको सेलेक्ट किया हमने बोला स्टार्ट नंबर वन से स्टार्ट हो और नंबर ऑफ टैक्ट कितना हो वन हो फिर यहीं पे सिर्फ हम फिर से यहाँ पे मिड लगाए और मिड पर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि स्टार्ट टू से हो नंबर करेक्टर वन हो अगेन मैंने यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगाया और मिड के फॉर्मूले में हमने दिया कि कि से से हो हो और तो तो आप देख पा रहे हैं से बिल्कुल है, है। बस एक एक जा रही है. तो हम क्या करेंगे? एरिया लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे curly bracket में देंगे one, two, three, four, five, six, जितने नंबर ऑफ लेटर है फिर एंटरबेस कीजिए नहीं सॉरी एंटर पेज नहीं होगा इसमें कंट्रोल सिर्फ एंटर होगा कंट्रोल सिर्फ एंटर इसलिए स्पेल कॉलर आया क्योंकि तो एरेक्नफॉर्म नहीं हो पाया इसलिए इस पे कंट्रोल सिर्फ एंटर ठीक है ठीक है कंट्रोल सिर्फ एंटर जैसे आप करेंगे जितना भी सिलेक्टेड एरिया है सब पे और फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ आ जाएगा बट प्रॉब्लम ये है कि मेरा नाम बढ़ सकता है कम सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है तो एक संभावित एरिया ले लीजिए जहां पे आपका जितना बड़ा नाम हो सकता है पचास साठ सत्तर और फिर यहां पे सेम फॉर्मा लगाइए मिड का इसको सिलेक्ट कीजिए तो इस बार कल वायक में नहीं यहां पे हम कॉलम की लेते हैं कॉलम में हम यहाँ पर एक कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉमा यहाँ पर हम लेते हैं नंबर रो कंट्रोल सिर्फ एंड अब देखिए आपका नाम अगर मान लीजिए यहां पे राजकुमार सिंह हुआ तो राजकुमार सिंह इस तरह से हो जाएगा तो यहाँ पे फायदा हुआ कि एक संभावित एरिया में रख दिया कलम लगाने से आपको कल रह काउंट नहीं करना पड़ा जितने एरिया में लगा होगा उसी हिसाब से चल जाएगा अब बात आती है इसको यूटिलाइज कहाँ करेंगे तो मैंने एक पेन कार्ड फॉर्म बनाया था उसमें इसको यूटिलाइज किया था जी हाँ पैन कार्ड फॉर्म मैंने बनाया था उसमें इसको यूटिलाइज किया था बेसिकली पैन कार्ड फॉर्म को हमें फिल करना था आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ठीक है शर्मा तो हमने हमने दूसरे सेल पे पे नाम लिखा शर्मा तो तो जो है हम अपर के अंदर में रख दिए अपर के अंदर में रखते हैं आपका अपर लेटर में चला गया तो इसका यूज हमने यहाँ पे किया था कि हम जो भी फिल करनी है हम सीट नंबर नंबर में फिल कर देंगे और सीट नंबर वन के अंदर जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में अपने आप अलग अलग अलग, अलग लेटर में फिल हो जाएगा तो जमुना जी एंड राशिद जी कोई डाउट इसमें